नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में 30 दिसंबर का राशिफल जी हाँ इस साल के सेकंड लास्ट डे मतलब तीस तारीख इसके बाद फिर इकतीस आएगी और साल जाते जाते क्या कुछ ले जो है दे करके जाएगा मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों को इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे पहले दर्शकों हम लोग पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है और साथ ही साथ दिल्ली वालों आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन बहुत बहुत आभार जो आप लोगों ने इतना मान सम्मान और प्यार दिया तो इनको शब्दों में हम आपको धन्यवाद जैसे छोटे शब्द से नहीं चुका सकते हैं तो हाथ जोड़ करके आप लोगों को प्रणाम करते हैं विक्रम संबत् 2076 हजार छिहत्तर शख संबत मंडे दिन रहेगा सोमवार दिन रहेगा देखिए पांच अंग जब आते हैं पंचांग में तो तिथि वार तो इसी में हमने वार लाया सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर अट्ठावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर अट्ठारह मिनट पर तिथि पर आ जाते हैं चतुर्थी तिथि रहेगी 30 तारीख को दोपहर में एक बजकर चौवन मिनट तक की इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी चतुर्थी तिथि को सफेद तिल का सेवन नहीं करना चाहिए जो आप लोग सलाद में मूली खाते हैं मत खाइएगा चतुर्थी तिथि में और पंचमी तिथि को बेल नहीं खाना चाहिए ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में लिखा हुआ है कि यदि आप पंचमी तिथि को बेल खाना स्टार्ट कर देंगे तो यकीन मानिए छः महीने के अंदर आपके ऊपर कोई ना कोई कलंक लगेगा कोई ना कोई एलिगेशन लगेगा नक्षत्र पर आते हैं धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा इसके बाद सदविशा नक्षत्र रहेगा करल रहेगा विष्टि वब योग बता देते हैं तो ब्रज योग और सिद्धि योग रहेगा शुभ समय पर आ जाते हैं आज का शुभ समय क्या रहेगा तो देखिए आज अमृतकाल सुबह ग्यारह बजकर तेईस मिनट से लेकर के और तेरह बजकर आठ मिनट तक की रहेगा आप लोग इस दौरान शुभ कार्यों को कर सकते हैं वहीं राहु काल पर आ जाते हैं तो सुबह आठ बजकर सोलह मिनट से नौ बजकर तैंतीस मिनट पर रहेगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये सुबह नौ बजकर पैंतीस मिनट तक तो मकर राशि में रहेंगे इसके बाद कुंभ राशि में आएंगे सूर्यदेव धनु राशि में चलायमान है दर्शकों सोमवार दिन रहेगा दिशा की बात कर लेते हैं तो पूर्व दिशा की ओर दिशा रहता है आपको प्रयास करना चाहिए कि दरपण देख करके कुछ मीठा खा करके आपको निकलना चाहिए यात्राओं पर जाने से पूर्व ये आप लोग क्रिया जरूर कर लीजिएगा राशि फल पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे नया साल आ रहा है तो नए साल में मेष से लेकर के मीन राशि का वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी हमारे चैनल पर पढ़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं कैरियर राशिफल सभी राशियों का इंडिविजुअल हमने बना दिया आप लोग देख सकते हैं प्रेम राशिफल भी हमने बना दिया है प्रडिक्शंस भविष्यवाड़िया जा के देख सकते हैं भागीद श्रृंखला देख सकते हैं ग्रहों के गोचर जैसे जुपीटर का हो गया सेटन का होने वाला इनसे रिलेटेड भी हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है तो चलिए राशिफल पर आगे बढ़ते हैं हमारी जो पहली राशि आती है आती है एरी राशि आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को काफी पसंद आएगा कानूनी मामलों में आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ आज आप लोग खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा किसी व्यक्ति की मदद करने से आज, आज आपको लाभ होगा कुछ नए आज, आज आपके दोस्त बनेंगे उपाय के तौर पर करने का रहेगा तो अनाथालयों में आज बच्चों को जो है कुछ आपको गिफ्ट देना रहेगा जिससे आज आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक वृषभ राशि आज आपका रुझान की और, धर्म की ओर, ओर धर्म अधिक सलाह पूरा पूरा मिलेगा, मिलेगा। मिल सकती है आज आपको काफी फायदा होगा नए कॉन्ट्रेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे परिवार का सुख प्राप्त होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आप देखिए पंचियों को आपको बाजरा खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मिथुन राशि जैमिनी क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा कारोबार में आज आपको उम्मीद से अधिक फायदा हो सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आपको कोई नया अनुभव मिल सकता है आज आप किसी नई जगह की यात्रा पर जा सकते हैं आप अपना सामाजिक दायरा बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा अपने माँ के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए साथ ही साथ यदि हो सके तो किसी को आज आपको दूध का दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कर्क राशि कैंसर तो आज आपका दिन मिला जुला रहेगा किसी काम में मेहनत करने से आज आपको सफलता प्राप्त हो सकती है आज आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं किसी काम में भागदौड़ करने से आप थोड़ी सी थकान महसूस होगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा धीरे चलाइएगा साथ काम करने वाले व्यक्ति के मन में लेकर आज आपके आपके मन में कोई आज आपके साथ जो व्यक्ति काम करता है आपको लेकर के कोई गलत फहमी उसके मन में आ सकती है नेगेटिविटी आ सकती है तो ऊंची आवाज में बात करने से लोगों से बचिएगा किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना रहेगा कि मंदिर में यदि इत्र का दान करें तो आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो सिंह राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन दर्शकों फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए देखिए दैनिक राशिफल हम भी चाहें तो 20 मिनट आधे घंटे का बना दें लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो भी सम्मानित दर्शक हैं इनका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत कीमती है तो बहुत ही कम समय में बहुत ही कम शब्दों में और सभी कुछ इस राशिफल में हम समेटे हुए हैं तो इस बात पर एक लाइक बनता है साथ ही साथ आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि इस कमेंट रूपी बॉक्स में जय श्री राम का आप लोग उद्घोष करिए ताकि एक प्रकार से जय श्री राम का महासागर यहां पर बन जाए सिंह राशि के जात को आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज आपको बिजनेस में कुछ बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं कई दिनों से परिवार में चली आ रही, रही आर्थिक परेशानी आज सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही आज आपको किसी फ्रेंड की दोस्तों की मदद मिलती हुई दिखाई पड़ रही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की जो आदत है साहब इसको आप लोग छोड़ दीजिए में आपकी भलाई रहेगी उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र का 108 बार आज आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह ये रहेगा येलो पीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा छे कन्या राशि के जात को आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा कुछ लोगों की उदारता से आज आपके काम पूरे होंगे कैरियर में सफलता के लिए आज आपके मन मस्तिष्क में कोई नया विचार उमरेगा आज पूर्व में जो आपने धन किसी को दिया है उधार वो आपको वापस मिलेगा रिश्तों के लिहाज से आज आपका दिन खास रहेगा आज आपको हर बात की गहराई में जाने की इच्छा होगी व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन चावल का दान किसी महिला को करें बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छे तुला राशि लिब्रा आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा किसी काम में आज, आज आपको ज़्यादा समय लग सकता है कोई कठिन काम आज, आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के गलतफहमी का आप लोग शिकार हो सकते हैं सेहत के मामलों में दिन ठीक ठाक रहेगा समय पर खाने पीने से आज, आज आपकी सेहत ठीक रहेगी जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत हों इसके लिए कोशिश कीजिएगा किसी महिला को कुछ मीठी चीज़ों का आज आप लोग जो है ज़रूर खिलाइएगा साथ ही साथ आज ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा ये रहेगा चार स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि किसी नई योजना को लागू करने से आज आपको लाभ मिल सकता है आज शाम को किसी लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं किसी जरूरी काम में जीवन साथी का सहयोग हो, प्राप्त होगा मित्रों की सलाह आज आपके लिए लाभपूर्ण हो सकती है किसी मित्र से आज आपको उपहार मिल सकता है परिवार में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बन सकती है मित्रों के साथ संबंध बेहतर होंगे किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए तथा यदि गरीब बच्चों को या मंदिर में फल करेंगे तो बेहतर रहेगा। रहेगा शुभ कलर आपके लिए, रहे और, जो आपके लिए रहे और भी मजबूत रहेगा अधिकारियों से किसी खा, जो है, किसी खास काम के बारे में आज, हो सकती है। आज, आज आप अपनी काबिलियत को रचनात्मक तरीके से प्रदर्शित करेंगे दोस्तों से होने वाली कुछ जरूरी मुलाकातें फायदेमंद सिद्ध हो सकती है आज कारोबार में फायदा होगा गाय को क्या करना है आज आपको रोटी में गोल डाल करके खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ पैप्डिकॉन मकर राशि आज आपका दिन सामान्य रहेगा आपके कुछ कामों में आज रुकावट आ सकती है जिससे आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं पेशेंस से काम लीजिएगा धैर्य से काम लीजिएगा दफ्तर में अधिकारी वर्ग काम को लेकर के थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशराइज कर सकते हैं दबाव बना सकते हैं जल्दबाजी में आज आपको कोई काम करने से बचना चाहिए वरना वही अधिकारी आज आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं क्रोध कर सकते हैं आपका उदार भाव लोगों को आज काफी प्रभावित कर सकता है आपके सभी काम बनेंगे यदि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं साथ ही साथ आज किसी महिला को आप लोग कुछ मीठा जरूर दीजिए स्वागिन सफेद मिठाइयों का स्त्री तो की प्राप्ति, प्राप्ति होगी और आपके काम भी बनेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार कुंभ राशि आज आपका दिन अनुकूल रहेगा किसी काम से अचानक धन लाभ होगा कुंभ राशि के छात्रों यदि आप लोग आज कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आज आपको बेहतर रिजल्ट जो है हासिल होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से जुड़ी कोई सूचना आज आपको जो है मिल सकती है कोई रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा लव लाइफ में भी आज कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं बदलाव हो सकते हैं आज जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको प्रयास करना है ओम श्राम श्री स्रोम सा चंद्र इस मंत्र का एक बार आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि पर तो मीन राशि के जात को लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आज आप लोग तैयार रहिएगा आज परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे खासकर के जो विद्यार्थी वर्ग हैं इनको आज इनके इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा आज आप लोग जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं यात्राओं पर जा सकते हैं दैनिक कार्यो में कुल मिला करके सफलता मिलेगी जरूरतमंदों को आज आपको भोजन कराना है पका हुआ इससे होगा क्या आपको जो है आर्थिक समस्याओं से जो दिक्कत आ रही है ये दूर होगी साथ ही साथ आज किसी के लड़ाई में आपको नहीं पढ़ना है है है अन्यथा आपके ऊपर कोई पुलिस केस इत्यादि हो हो सकता है या आप लोग जो जख्मी सकते हैं चोटिल हो सकते हैं उपाय हमने आपको बता दिया है कि आज कोशिश कीजिएगा कि केसर का सीवन मस्तक जिब्भा नाभि पर आप लोग लगाइए साथ ही साथ गुरु कवच का पाठ करके तब घर से बाहर निकलिएगा और पका हुआ भोजन विकलांगों को करा दे तो बेहतर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा, ये रहेगा दो तो कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को हम जो है लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत और नव वर्ष आने वाला है तो इसी की अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं तब तक के लिए जय श्री राम sa so